हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक विथ सोनू में तो आज आप लोग के बीच फिर से एक वीडियो लेकर आ गए ऑफर रिलेटेड वीडियो है जो आप लोग को थंबनेल में देख के पता चल ही गया होगा. तो आज का वीडियो है पेटीएम पर तो आप लोग पेटीएम से पैसा अर्न कैसे कर सकते हैं वो भी सौ रुपये से तीन सौ तैंतीस तक तो इसी के बारे में बताएंगे तो चलिए आप लोग को पेटीएम अप्लीकेशन सबसे पहले पेटीएम अपलिकेशन इंस्टॉल कर लेना है तो आप लोग को पेटीएम अपलीकेशन नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया है उससे भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और पेटीएम से सौ रुपया कमा सकते हैं वो फ्री में अन कर सकते हैं तो चलिए आप लोग को ये पे टी दिखाते हैं ये हमारा पेटीएम अपलीकेशन है तो इसको इस तरह से ओपन होगा आप दिख रहा होगा इस तरह आप लोग को अपना पेटर्न अनलॉक कर लेना है जब आपका होगा पेटर्न हमारा ये पेटेन नहीं ले रहा है दिखते हैं फिंगर इसको इस तरह से ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आप लोग लो रेफर एंड होगा तो दे रहा है एक सु... तीन से तीन सौ तैतीस रुपए तक तो आप लोग सबसे नीचे स्क्रोर डाउन करना है तो आप लोग को रेफर में देख सकते हैं दोस्तों को पेटीएम पर रेफर करें और तीन सौ तैंतीस रुपया पाए अभी रेफर करना तो किस तरह से आप लोग को रेफर करना है तो अभी ये रेफर में क्लिक करना है इस तरह रेफर में क्लिक करना है और इस तरह से रेफर कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी आए इस तरह कॉन्टैक्ट नंबर दिखा रहा है इस तरह से आप लोग कॉन्टैक्ट को रेफर कर सकते हैं रेफर करने के बाद आप लोग को सौ रुपया तुरंत कैशबैक मिलेगा देख सकते हैं अभी हमारे जो कैशबैक मिला है दिखाते हैं इस कैशबैक में चल जाना है और कैशबैक में जाने देख सकते इस तरह से कैशबैक मिला है जो रेफर सौ सौ रुपये मिला है देखिए एक सौ तैंतीस रुपये मिला है सौ रुपये मिला है तो इस तरह आप लोग भी रेफर करके पैसा अन कर सकते हैं ये वीडियो अपने दोस्तों के शेयर करें ताकि आप लोग को दोस्त को भी पता चल सके पेटीएम से अन कर सके पैसा सौ रुपया से एक तीन तक का और ये स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है अपना ट्यूशन फी अपना बुक ये सब खरीदने के लिए पेटीएम से पैसा कमा सकते हैं तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें धन्यवाद